प्रिया तुझे पता है बीएफएफ का मतलब बेकार फ्रेंड फॉर होता है हाँ तभी तेरे जैसे चादर मोड़ मिला है गोरी तोरी चुनरी बाल लाल लाल रे रोड पे चले लू कमाल चाल रे हेलो भाई कल एक लड़की का मैसेज आया और बोली आप बहुत क्यूट हो और फिर मैंने ब्लॉक कर दिया क्यों मेरे साथ <laughs> बहुत सब बात एक पूछूं पूछो लाओ हाथ कभी ना छोड़ने वाला वादा करोगे मेरे होने वाले बच्चे के पापा बनोगे से। से पूरा बर्फ में टांग फैला के सोना पूरा रिजर्वेशन का पैसा वसूल करना और अस्तन सामान बहुत चोरी होता है जब तुहार सोवे का दिल करे तो बक्सा खोल के बक्सा के अंदर पैर घुसेड़ के सोना समझ है <laughs> <था। laughs> <था। laughs> बच्चों को जबरदस्ती पढ़ाए जाने पर मां को होगी पाँच साल की जेब बिल संसार में पैस जी. जी हो मैं तो आपसे छोटा हूँ ना तो क्या हुआ रिस्पेक्ट लो रिस्पेक्ट दो इसका तो मतलब चुम्मा लो चुम्मा दो आएगा ना हाँ हाँ करो किस करो रही थी? तुम हो? लगते है। अच्छा बता। एक नहीं पांच पाँच गर्लफ्रेंड है उन पांचों को मैंने आईफोन ट्वेल्व दिला रखा वो भी अपने बाप के पैसे थे बस बस इतना बहुत है अच्छा ऐसे है कौन ढीली पैंट क्यूँ आती है दिन भर मोबाइल ऐसी चुपका रहता है हाँ तो मेरी शादी करवा दो बीवी ऐसी चुपका रहा मेहताब भाई यार मेरी वाली कहती थी कि मैं किसी बिजनेसमैन से शादी करूंगी। आज मार्केट में अपने पति के साथ जलेबी छानती हुई नजर आए बीवी खूबसूरत हो तो खुशी खुशी में तीन चार बच्चे हो जाते हैं और अगर खूबसूरत ना हो तो गुस्से में ही सात आठ बच्चे हो जाते हैं की हाँ बीबी कहाँ पे हो आपके दिल में बात समझाया मोदी जी ने कि भीड़ भाड़ वाली जगह मत जाया करो अरे तो <laughs> अरे भाई कहा जा रहा है अरे भाई मेरी एक टांग टूट गई तो हॉस्पिटल जा रहा हूँ अरे भाई तेरी तो एक टूटी है मेरी तो दोनों टूट गई। क्यों भाई तेरी दो बीबी है क्या और है, है। क्या हो रहा है मटक मटक के चलती हो क्या मार डालोगी क्या अरे हमें नहीं दोगी तो क्या अचार डालोगी क्या अचार हाँ ना अचार में कहाती हूँ अचार बेचती नहीं हो तो अचार डालोगी तो तब मेरा चार डालोगे हाँ ना तुम्हारा अचार डालेंगे क्यों डालोगे क्यों डालेंगे शायरी है तुम्हारी शायरी पे अरे घूर घूर के क्यों देखती हो मार डालोगी क्या अरे दो टांग की बीच वाली दे दो क्या अचार डालोगे क्या मैं क्यों चा डालूंगी मैं क्यों चा डालूंगी रह भाई क्या कर रहा है भाई यार ये सब छोड़ो पते की बात बता। जी बताइए ये अंधे ना दो प्रकार के होते अच्छा? हैं एक तो वो जिनको जन्म से ही कुछ नहीं दिखाई देता हा? और दूसरे वो जो सब कुछ देखते हुए पूछते हैं क्या कर रहे हैं अगर मेरे अलावा तुम्हें कोई और लड़का पसंद आ गया होगा तो साफ साफ बोल दो साफ साफ सुनो तो तो तो तो मेरा शर्म नहीं वो इतना प्यार करता है है। तू उसके साथ ऐसा कर रही भाई भाई उसको कुछ भी मत बोल। कमी उसमें कमी उसमें नहीं तो भाई अपना इलाज करवाना हाँ एक्चुअली मुझे आपसे कुछ चाहिए था हाँ बोलिए ना क्या चाहिए आप किसी को बोलोगे तो नहीं हाँ हाँ पक्का नहीं बोलूँगा बोलो ना क्या चाहिए थोड़ा सा गुटका मिलेगा हाँ। क्या तुम मेरी गर्ल फ्रेंड बन सकती हो हाँ, क्यों नहीं चलो ना शॉपिंग करके आते हैं दीदी से मजाक किये, मजाक किये, से मजाक किये, से दीदी दीदी ऐसी यार बेबी तुम कितना काम करती हो पूरा टाइम काम काम तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं रहता है अब समझ में कितना काम करती हूँ मैं इसलिए बेबी मैं सोच रहा हूँ एक और शादी कर लूँ सुन आगे मत जा आगे भूत होगा तो अरे मेरे को हनुमान चालीस आती है अगर भूत बहरा हुआ तो <laughs> जानेमन बोलो तो कहीं छोड़ ओ ऐसी ऐसी लड़की नहीं हूँ मैं हाँ वो बात तो ठीक है मगर चेक करना तो हमारा फर्ज बनता है आ! आ! <laughs> यार ये पड़ोस में क्या चल रहा है शायद किसी का बर्थडे बर्थडे किसका तू यू का हाँ सब बोल रहा है टू यू, तो तू यू नहीं होता तू यू होता है देखो पता है क्या मेरे लिए दूर दूर से रिश्ते आ रहे हैं अबे दूर से आएंगे ना पास वालों को तो तेरे कांड पता है जिंदगी की शुरुआत ऐसे से होती है ऐसे सूरज सुबह शाम फिर उसके बाद सगाई शादी सास ससुर साला साली फिर उसके बाद सत्यानाश दिल यहीं रुक जा जरा बेटे सोच सच के गाना गाया कर ये कौन बोल रहा है मैं मैं तेरा दिल बोल रहा हूँ और गौर से सन अगर मैं रुक गया ना तो साले तेरे को चार कंधों पे चलने से और कोई नहीं रुक पाएगा एक बात पता है। क्या? ये प्यार करने वाले को कभी हार अटक नहीं आता वो क्यों अरे क्योंकि यार उसका दिल किसी और के पास होता था कैसे हार्ट अटैक आया था चल भाई तेरी चंद्रमुखी तुझे बुला रही है ना चंद्रमुखी दो पैर मारो जिंदगी आराम <laughs> से गुजारो किससे बात कर रहा है भाई? है भाई आ, भाई गर्लफ्रेंड मेरी भी पहले घंटों बात होती थी भाई तो अब क्या हुआ भाई अब घंटो बात होती है यार <laughs> अरे भाई अरे यार तू भाई मेरे वाले से कर ले यार बाबू अरे वो तू फायल था और सर नो नो नो नो अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम अगर तुम गिर जाओ दूसरी ढूंढ लेंगे हम नुण। नुण। नुण। <laughs> नुण। <laughs> नुण। <laughs> <laughs> गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे रोड पे चले लू कमाल चाल रे हलो अभी बजा आएगा ना भिड़ो कुछ लड़कियां तो इसलिए मोटी नहीं हो पाती मुर्शाद क्योंकि वो रोटी की जगह भाव खाती है